आईसीसी वुमेन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पहली बार जीत दर्ज की अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में स्वागत किया गया भाजपा विधायक शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल की बेटी सोम्या का भव्य अभिनंदन विन किया दक्षिण अफ्रीका में हुए आईसीसी वुमेन्स अंडर नाइन्टीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए महिला वर्ल्ड कप में पहली बार जीत दर्ज कराई है भारत की इस शानदार जीत के लिए भोपाल की बेटी सौम्या तिवारी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विनिंग पारी में 37 गेंदों पर नवाज चौबीस रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई भोपाल की बेटी सौम्या तिवारी ने शानदार प्रदर्शन के चलते संपूर्ण प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया है जिसके चलते प्रदेश के हर नागरिक में उत्साह की लहर है क्रिकेटर सौम्या तिवारी जब भोपाल लौटी तो हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनका भव्य अभिनंदन किया इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बिटिया सौम्या तिवारी ने जिस तरह से टीम इंडिया को जीत दिलाई है उसे देखकर कर मध्य प्रदेश का हर नागरिक गौरवान्वित है बिटिया ने पूरे देश में मध्य प्रदेश सहित भोपाल का मान बढ़ाया है बिटिया ने दिखा दिया है की मामा की भांजिया किसी से कम नहीं है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें